आज हम थ्री डिजिट का वर्ग बनाना सिखाते हैं जैसे मान लीजिए कि हमने थ्री डिजिट का 108 लिखा और इसका हम मूड निकाल निकालेंगे तो सर्वप्रथम एक बेस लेते हैं जैसे बेस है नज़दीक इसके हैंड्रेड हैंड्रेड लिखा और हैंड्रेड के बाद ये बेस हो गया और इसके बाद एक सौ आठ का वर्ग सबसे पहले इसी में आठ माइनस करना है और फिर आठ को प्लस करना है और आठ का स्क्वायर होता है चौंसठ चौंसठ लिख दिया फिर इसके बाद एक बार आठ जोड़ना है तो आठ जोड़ने से एक सौ आठ में आठ जुड़ जाएगा तो एक सौ सोलह फिर आठ घटाना है तो ये मान लीजिए ये आ गया कितना हंड्रेड और हंड्रेड में एक सौ आठ घटा देंगे तो बचेगा हंड्रेड तो यही हमारा उत्तर हो गया घटाएंगे तो एक सौ सो, सोलह गुड़े हंड्रेड और हंड्रेड से हम भाग देंगे तो हंड्रेड हंड्रेड कट गए और इसका उत्तर हो गया एक हज़ार छः सौ चौंसठ जैसे हमने दूसरी डिजिट ली एक सौ छ का स्क्वायर क्या होता है थ्री डिजिट का स्क्वायर है तो सर्वप्रथम छ का स्क्वायर छत्तीस हुआ और फिर एक बार छ को जोड़ना है और एक बार छ से घटाना है तो छ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा एक सौ बारह एक सौ बारह अब फिर छः घटा देंगे तो गुड़े सौ और बेस हमारा सौ ही था क्योंकि सौ के आसपास है और सौ से सौ कैंसिल एक सौ छः का स्क्वायर आ गया बराबर एक सौ बारह और छत्तीस ठीक यही हमारा आंसर है